शर्मा आपकी स्वास्थ चिंतक एंड यू आर विध मी ऑन योगा फिटनेस प्लेटफॉर्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम माय एफर्ट लेकिन ध्यान रखिए यह बेनिफिट्स तभी आपको मिलेंगे जब आप रेगुलर योगा करते रहेंगे ये मेरा पहला वीडियो है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और मेरे साथ निर्वा कीजिए मिलते हैं